टीक मीडिया के नाजरीन को अस्सलाम असलम दोस्तों ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी दुनिया में होने वाली इजादात में साइंस का बहुत अमल दखल है और साइंस में होने वाली इस तरक्की में बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया नो डाउट कि आम इंसानों की निस्बत ये तमाम साइंटिस्ट बहुत ही सहीन थे मगर नाजन आज हम एक ऐसे साइंटस्ट के ब्रेन की बात करेंगे जो हज़ारों साइंटिस्ट के मुकाबले में अकेला ही मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की सलाहियत रखता था इन्हें किंग ऑफ साइंटिस्ट भी कहा जाता है और दुनिया इन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जानती है आइंस्टाइन इतने जीनियस थे कि जो चीज़ आम इंसान करना तो दूर सोचने से भी कासर होता है वो उन्होंने सोची भी और इसे दुनिया के सामने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया आइंस्टाइन की एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी सलाहितों की वजह से लोगों का ख्याल था कि इनके पास कोई स्पेशल ब्रेन है जो आम इंसानों से बहुत मुख्तफ है आइंस्टाइन खुद भी इस हकीकत से कायल थे इसीलिए उन्होंने वसीयत की थी के इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को जला दिया जाए क्योंकि इनको अपनी बॉडी के मुखलों पर रिसर्च का अंदेशा था घंटे तो बाद ही डॉक्टर थॉमस हार्वी जो इनकी टॉपसी के लिए आए थे आइंस्टाइन के ब्रेन को इनके वर्षा की इजाज़त के बगैर ही निकाल लिया और इस स्पेशल ब्रेन को हॉस्पिटल की बजाय अपनी पर्सनल कस्टडी में रखा जिसकी वजह से इनको अपनी जॉब से भी हाथ होना पड़ा डॉक्टर हारवी ने आइंस्टाइन के बेटे हंस अल्बर्ट से इनके बाप के ब्रेन की रिसर्च की इजाज़त दी और इस ब्रेन के 240 छोटे छोटे पीसेज किए और इनको डब्बों में बंद करके बेसमेंट में छुपा दिया मगर हैरत की बात तो ये है कि डॉक्टर हारवी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्ट मार्टम करना जानते थे ये सिर्फ इनकी सोच थी कि वो इस ब्रेन की रिसर्च कर सकते हैं इस ब्रेन को लेकर डॉक्टर हारवी की अपनी बीवी से कई बार लड़ाई हुई और एक दिन बाद डिवोर्स तक जा पहुंची। डिवोर्स के बाद डॉक्टर हार्वी के सिटी वेचटा में चले गए और वहां उन्होंने एक बायोलॉजिकल लैब में सुपरवाइजर की जॉब शुरू की कई साल गुजर चुके थे मगर डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कोई खास रिसर्च ना कर सके इसकी वजह से उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया और हालात ये हो चुके थे कि उनको एक प्लास्टिक फैक्ट्री में वर्कर की जॉब करना पड़ी दिमाग चोरी करने के 30 साल बाद यानी कि 1985 में डॉक्टर हारवी ने ब्रेन के हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट नरोपथोलोजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजा और अगले 28 सालों में कई बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी पब्लिश की गई जिसमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों की नस्बत काफ़ी डिफरेंट हैचर्स का मानना था कि आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न काफ़ी मुख्त है इसीलिए इस दिमाग में न्यूरोस का फ्लो 11 आम इंसानों के दिमागी न्यूरोस के फ्लो से भी ज़्यादा है न्यूरोस के अच्छे फ्लो की वजह से अल्बर्ट आइंसटाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग में ही सॉल्व करने की सलाहियत रखते थे आइंस्टाइन के ब्रेन का जब वज़न किया गया तो ये सिर्फ बारह ग्राम ही था जबकि एक नॉर्मल इंसान के दिमाग का वज़न चौदह ग्राम होता है अब यहाँ ये यह जानना भी ज़रूरी है कि क्या आइंस्टाइन इस जीनियस लेवल के साथ ही पैदा हुए थे या फिर बाद में इसमें चेंजेस आना शुरू हुई सच के बाद मालूम हुआ कि जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो इनका सर नॉर्मल बच्चों से बड़ा था और वो पूरे छः साल तक बोल भी नहीं सकते थे बल्कि जब उन्होंने बोलना भी शुरू किया तब भी वो बहुत कम बोलते थे और अपनी ही सोचों में गुम रहना पसंद करते थे छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लाज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और 26 साल की उम्र में ही उन्होंने चार रिसर्च पेपर को पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से इनको पीएचडी की डिग्री और नोबल प्राइज़ से भी नवाजा गया आज भी आइंस्टाइन की इंथीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि आइंस्टाइन का ब्रेन इनके पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना था क्योंकि जब इनको इनके सवालत का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद इन जवाबात की तलाश में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे और वक्त के साथ साथ इनके दिमाग में चेंजिंग आती गईं आइंस्टाइन का ब्रेन आज भी अमरीका में वाक़ा द मटर म्यूजियम में बड़ी हिफाजत से मैक्रोस्कोपिक फिल्म में रिजर्व करके रखा गया है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा